बुरे वक्त में साथ दिया करो एडवाइस तो गूगल भी देता है जब नए लोग मिल जाते हैं ना तो पुरानों को भुला दिया जाता है और यही कलयुग है हमेशा खुश रहा करो ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए वक्त का काम तो गुजर जाना है बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो रातों को किसी के लिए जागा नहीं करते और जो तुमसे भाग रहा हो उसके पीछे भागा नहीं करते जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं हमेशा वैल्यूबल बनो अवेलेबल नहीं अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही उत्तम समय कभी नहीं आता समय को उत्तम बनाना पड़ता है आप अगर खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी होगी गम नहीं किसी बात का जो जिंदगी में लिखा है वही होगा बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं एक गलत फहमी मुझे भी हुई जिंदगी में कि हम बहुत जरूरी हैं उसकी जिंदगी में वफापे में अब भी कायम हूं बस मोहब्बत छोड़ दी है मैंने सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा साबित करना जरूरी नहीं है बेहतर बनना जरूरी है जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो मैंने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो लेकिन रिश्ता छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी काम होता है इंसान की पहचान दो बातों से होती है एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो गलत फहमी मत रखा करो क्योंकि गलत फहमी मिटे, ना मिटे। पर रिश्ता जरूर मिट जाता है जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो कल वही आपको सफलता दिलाएगी झोंक दो अपने आप को इस आग में कल यही आपको हीरा बनाएगी जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो आप हमेशा खुश रहोगे जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है कुछ तुम्हें आजमाएंगे कुछ तुम्हें सिखाएंगे कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे ये मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे तुम चलते तो मेरे साथ थे पर किसी और की तलाश में अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो लेकिन चिंता करने से वो और ज्यादा हो जाती हैं खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती हैं सब्र करने से खत्म हो जाती हैं तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती हैं। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है आप उतना ही मिलो किसी से जितना वो आपसे मिलना चाहता है प्रेम और मित्रता मन से होती है मतलब से नहीं जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती है एक सांस और दूसरा साथ सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है ये यादें क्यों नहीं बिछड़ जाती लोग तो यहां पल में बिछड़ जाते हैं अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते उन्हें वक्त देकर पढ़ना पड़ता है तमाशा तो जिंदगी का हुआ है मगर अफसोस सारे कलाकार अपने ही निकले किसी को खोकर भी सिर्फ उसी को चाहते रहना ये हर किसी के बस की बात नहीं है ये वो दुनिया है जहां झूठ से तो सबको नफरत है लेकिन सच कोई नहीं बोलता मत करो नसीब से इतने गिले जब रब राजी होगा तब आपको सब कुछ मिल जाएगा मैं ही क्यों डरूं तुझे खोने से तुझे कब फर्क पड़ेगा मेरे ना होने से ढूंढते हैं तुम्हें लोग दुनिया में और हमने तुझमें ही दुनिया ढूंढ दुन ली सबक तो तूने बहुत दिए हैं जिंदगी अब इंसान को पहचानने का हुनर भी दे दे इश्क वही है जिसमें कोई खुद को ही भूल जाए इसी और को याद रखने के लिए कभी भी अपनी ऊंचाई पर घमंड मत करना क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता बाहर कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न टूट रहा हो इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए बोलना तो दूर की बात है देखने को भी तरसेंगे वो लोग जिन्होंने मेरे विश्वास पर पानी फेरा है जूठ किसी भी रिश्ते का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है जिंदगी जीने के लिए मिली थी और लोग उसे सोचने में ही गुजार देते हैं कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं जिद है मुझे अब उसके बगैर जीने की अब वो शख्स मिले भी तो मुझे नहीं चाहिए उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा रहा जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है रिश्ते भी सपने भी और कुछ अपने भी तुम्हें खोने का डर मुझे हर लम्हा रहता था तेरा शुक्रिया तुम जाते हुए उस डर को भी साथ ले गए जो लोग अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते एक दिन उनकी सोच उन्हीं की ही दुश्मन